हाय फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम आपको बताने वाले हैं एनसीएल सी एल नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया में वैकेंसी निकली हुई उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं चलिए देख लेते हैं आप देख सकते हैं कि एनसीएल इंडिया एनसीएल इंडिया लिखा हुआ है रिकूटमेंट सेल एचआर डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट इंडिया ब्लॉक वन ने वेली कुदलोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का है अब देखते हैं कि वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है आप यहां पर देख सकते हैं सीरियल नंबर वन में एस ऑपरेटर के लिए निकला हुआ है और ग्रेड इसका है एफ फाइव डब्ल्यू ग्रेड इसमें नंबर ऑफ़ वेकेंसी सिक्सटी फाइव हैं टोटल सिक्सटी फाइव वैकेंसियाँ हैं जिसमें से यूआर कैटेगरी के, के लिए थर्टी दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्टी है यूआर के लिए थर्टी है एससी के लिए ट्वेल्व है ओबीसी के एनसीएल के लिए सत्रह है और ई के लिए छः है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं है। है, है, है, है। है, लिखा हुआ है शूड हैव पास्ट S.S.C. एस एस सी शूड हैड उसके बाद नीचे लिखा हुआ आई टी आई इन मैकेनिकल या electrical trade से होना चाहिए अब आते हैं length and area of work experience में आते हैं Work experience में यहाँ पर बोला है should have working experience of minimum फाइव year. फाइव year का experience आपका होना चाहिए वो भी माइनिंग इक्विपमेंट माइन से या फिर थर्मल स्टेशन से होना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं चलिए नीचे कुछ इम्पोर्टेंट नंबर पे आते हैं अब चलिए नीचे देखते हैं नोट नंबर वन पे देखते हैं यहाँ देखिए नोट नंबर वन है इस पर आप देखिएगा वेयर वी एवर देयर इज़ नो रिजर्वेशन ऑफ फोर कैटेगरी Candidate belonging to such category can apply again यू आर वैकेंसी यहाँ एस टी के लिए जो है एस टी कैटेगरी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है रिजर्वेशन नहीं दिया गया है इसको जो एस टी category है उनको जनरल कैटेगरी यू आर में अप्लाई करना पड़ेगा वैकेंसी अब second number पर आते हैं सेकेंड नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर पी डब्लू डी कैंडिडेट इज इनकोडेंस विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिवस यहाँ जो पी है उस कैंडिडेट को आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत मिलेगा रिजर्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है अब नोट नंबर टू में आते हैं नोट नंबर टू में हम आते हैं देखिए बोल रहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड अब आर मिनिमम कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन विल अल्सो बी एलिजेबल टू अप्लाई जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी रखा गया उससे आपका हायर क्वालिफिकेशन भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद नीचे देखते थर्ड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ऑल क्वालिफ़िकेशन शुड हैव बीन एक्वायर्ड फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकोगनाइज बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एजुकेशन एन और ए के द्वारा होना चाहिए चलिए अपर एज लिमिट में जाते हैं अपर एज लिमिट में अपर एज लिमिट हमारा तिरसठ ईयर रहेगा और जो आपका रिलैक्सेशन होगा रिजर्वेशन वो तिरसठ ईयर वाला में नहीं मिलेगा आपको तिरसठ साल में वाले में नहीं मिलेगा जो भी कैटेगरीज आप रहेंगे उससे आपको उस कैटेगरी का लाभ नहीं उठा पाएंगे अब आते हैं क्रूशियल डेट में आते हैं क्रूशियल डेट में आते हैं क्रूसियल डेट में आप आके देख सकते हैं एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस ईएसएम बेनिफाइड रिजर्वेशन आपको इसमें भी फर्स्ट मिलेगा आपको एक छः दो के अनुसार आपको रिजर्वेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ओ बी और ई डब्लू का जो भी रहेगा उसको मिलेगा अब आगे चलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इंगेजमेंट ऑफ एफटीई बेसिस एफटीई बेसिस में आप जाके देख सकते हैं आपका जो एफ फाइव जो भी है पोस्ट वाला एफ फाइव पोस्ट डब्लू ग्रेड का फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट बेसिस अ पीरियड ऑफ टू इयर्स आपको अड़तीस हजार रुपये दो साल तक मिलेंगे पर मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है चलिए आगे देखते हैं रिजर्वेशन में ये देखिए रिजर्वेशन है यहाँ पर रिजर्वेशन रिजर्वेशन एस टी एस नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट को इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार गाइडलाइन के अनुसार मिलेगा आपको अब आगे चलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फाइव पॉइंट थ्री देखिए ओबीसी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर आर नॉट इंटिलेटेड टू एवेल एनी कॉन्सेशन ओदरवाइज एक्सटेंड टू ओ कैटेगरी सच कैंडिडेट हैव टू इंडिकेट देयर कैटेगरी एज यू आर जो भी ओ बी सी जो भी हमारा ओ बी सी क्रीमी लेयर है क्रीमी लेयर जो भी हमारा ओ बी सी क्रीमी लेयर है क्रीमी लेयर वो यू आर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं उन्हें ओ बी सी का ओ बी सी कैटेगरी का, का कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा यह लिखा हुआ है चलिए अब आगे अब आ गया था मेथड ऑफ़ सिलेक्शन में आते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्स पॉइंट वन देख सकते हैं सिलेक्शन वील बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल टेस्ट आपका जो है प्रैक्टिकल टेस्ट के अनुसार आपको मतलब सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो आपका टेस्ट होगा राइट right टेस्ट या फिर सी टेस्ट जो सी टेस्ट होगा या फिर राइटिंग टेस्ट होगा वो आपका सिर्फ क्वालीफाई के लिए होगा क्वालीफाई के लिए होगा चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन देख लिए हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन देख रहे थे हम पहला नंबर हो गया था सिक्स पॉइंट वन अब सिक्स पॉइंट टू पर जाते हैं इंटीमेटेड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट एक्सटेंडेट वैल्यू प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी होस्ट एन एल सी आई एल वेबसाइट मोड ऑफ सिलेक्शन नंबर टू देख रहे थे हम इसमें लि, लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट होगा जो आप एग्ज़ाम देंगे सीबीटी एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम देंगे उसका क्या बोलते हैं ये हमारा जो सी एग्ज़ाम देंगे उसका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसके बाद आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको बुलाया जाएगा अब तीसरा नंबर देखते हैं कैंडिडेट सेल बी एव्यूलेट ऑफ फिफ्टी मार्क्स जो आपका पचास नंबर का होगा एग्जाम आपका जो पचास नंबर का एग्ज़ाम होगा उसके अनुसार आपका प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट किया जाएगा उसके बाद आपका स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट होने के बाद आपका जो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स आएगा उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा अब इसमें देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के, के लिए कितने परसेंट मार्क्स लाना ज़रूरी है यू आर और ई डब्ल्यू एस के लिए पचास परसेंट मार्क्स लाना ज़रूरी है ओ बी सी एन सी एल के लिए हमारा चालीस परसेंट चाहिए ज़रूरी है और एस सी के लिए चालीस परसेंट मार्क्स और एस टी के लिए हमारा पचास परसेंट मार्क्स ज़रूरी है चलिए अब आगे देखते हैं अब यहाँ पर देखते हैं कुछ बेनिफिट आपको पर मंथ थर्टी एट थाउजेंड मिलेगा अड़तीस हज़ार रुपये मिलेंगे उसके साथ ही आपको जो प्रोवाई प्रोविडेंट फंड होगा वो भी आपका कटेगा उसके साथ आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी उसके साथ साथ ही आपको एक साल में मतलब वन ईयर में टूवल्व डेज मतलब बारह दिन का आपको लीव मिलेगा उसके साथ साथ में हाउस रेंट आपको दिया जाएगा कंपनी के द्वारा से अब चलिए आगे देखते हैं अब ये देख लेते हैं आपका जो वेबसाइट है डब्लू डब्लू डब्लू डॉट है आप इस पे जा कर अप्लाई कर सकते हैं आपका अप्लाई करने का कर डेट है दो जून दो जून 2021 से स्टार्ट हो रहा है आपका अप्लाई करने का टाइम और जो आखिरी डेट है वो चौदह जून तक है चौदह जून दो हज़ार इक्कीस तक है आपका पाँच बजे तक पाँच बजे तक है आपका टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं चलिए अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें जय हिंद जय भारत